करीम उस आयने को अपने घर में रखाता है और फिर नताशा के पास आ जाता है और फिर सब मिलकर नताशा की मां को ढूंढने लगते हैं शाम हो गई थी पर नताशा की मां का कुछ पता नहीं चला तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं और बोलते हैं कि कल फिर से कोशिश करेंगे करीम भी अपने घर आ जाता है करीम सोचता है कि काफ़ी रात हो गई है थोड़ा वीडियो गेम खेल लेता हूँ नए एक्स में बहुत ही गेम आए हैं करीम का ध्यान नहीं था पर ऐसा लगा मानू तेज़ हवा का झोंका आया पीछे से बनी खिड़की का पर्दा ज़ोर से ओढ़ने लगा करीम को गेम में बहुत मज़ा आ रहा था पर इतने में उसका टीवी बंद हो गया अरे ये क्या अभी तक तो ठीक चल रहा था ये अचानक हवा भी बढ़ गई लगता है तूफान आने वाला है करीम ने टीवी चालू किया और फिर खेलने लगा पर अगले ही पल उसका टीवी फिर से ब्लॉक हो गया और इस बार जब उसने अपना टी चालू किया तो उसकी टी स्क्रीन पर वो बावन ला से दिखाई दी आगे की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें